क्राइम किया जा रहा था जो काफ़ी समय से इसमें साइबर की टीम और सरविला की टीम लगी हुई थी इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके फर्जी फिंगरप्रिंट्स तैयार करते थे और फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे अभी जो देखा गया है उसमें पिछले लगभग एक महीने में पाँच पचास हुए हैं जिसमें अट्ठारह व्यक्तियों के खातू से करीब छः लाख रुपये इनके द्वारा निकाले गए हैं पीछे भी पूर्व में इनके द्वारा कितने पैसे निकाले निकालेंगे उसकी जांच पड़ताल की जा रही है इनके पास से क्लोन किए हुए भारी मात्रा में फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं और सौ के आसपास पासबुक बरामद हुए हैं स्कैनर लैपटॉप कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें और भी बरामद हुई हैं इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है साथ ही जिन जिन व्यक्तियों के साथ अभी तक प्रकाश में आया ये घटना हुई है उन सभी से संपर्क किया गया है और उन्हें अपनी अपनी बात बताई है इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे इनके गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ये इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है अभी हम लोग सोशल मीडिया सेल से और अपने साइबर सेल से भी जारी करेंगे किसी भी सी एस पी सेंटर पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपनी मोबाइल ना दे किसी को ही मांगने पर किसी भी कारण से क्योंकि मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं होती है सी सेंटर पर आधार से पैसे निकालने में किसी प्रकार के कोड की जरूरत नहीं होती है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है क्राइम कर रहे थे आप जब भी कहीं के जाए तो जो निर्धारित स्थान है केवल उस एक स्थान पर अपने अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स प्रिंट्स लगाए अन्य स्थानों पर ना लगाएँ चाहे कोई कुछ भी लिखे साथ ही जो आप आधार कार्ड रजिस्टर में नंबर अपना नोट कराते हैं पूरी डिजिट आधार कार्ड के रजिस्टर में कभी भी ना लिखें केवल प्राथमिक चार डिजिट और बाद के चार डिजिट है उसी को रजिस्टर में मैंशन करें पूरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके साथ ही यदि आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी भी कार्य के लिए किसी स्थान पर देते हैं तो ऊपर उसमें पेन से ये जरूर लिख दें कि इस कार्य हेतु जैसे आप मोबाइल के सिम लेते हैं तो स्पष्ट अपना नाम आधार कार्ड आपका पैन कार्ड है उसमें आप लिखे कि सिम क्रय करने हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है ताकि भविष्य में उसकी फोटो खींच के उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके ये जो क्लोनिंग का काम है ये एक ही सेंटर पर जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी ये साइबर वाले काम कर रहे थे टारगेट पे ये पता चला है कि अभी आए हैं लेकिन कुछ अन्य भी प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुए हैं इनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं अभी ये टीम उसकी भी जांच कर रही है और जहां जहां ऐसी घटनाएं हो रही है पूरे गैंग को इसमें ट्रैक करके जाए कितने सर जालसाज खड़े गए हैं और कितने लोगों को इसमें अभी दो अभियुक्त पकड़े गए हैं प्रारंभिक तौर पर पिछले एक महीने में 50 ट्रांजेक्शन इनके द्वारा किए गए हैं कुल 18 व्यक्ति 18 अलग अलग व्यक्तियों के साथ घटनाएं इनके द्वारा की गई है और करीब 6 लाख रुपए का पिछले एक महीने में इनसे ट्रांजेक्शन इनके द्वारा किया गया है और भारी मात्रा में पब्लिक के क्लोथ तैयार किए गए हैं इनके द्वारा जो फिंगर प्रिंट्स के वो भी बरामद अब इस तरह बीस आने के बाद जो पुलिस केंद्रों पर उसकी लेकर क्या करेंगे